वेलकम टू भारत शॉपिंग तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत शॉपिंग कैसे इंस्टॉल करें तो चलिए पूरी प्रोसेस को समझते हैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें उस लिंक से एक वेबसाइट ओपन होगी और उस वेबसाइट के ऊपर में दाएं तरफ़ थ्री डॉट है इस पर क्लिक करें फिर इंस्टॉल न क्लिक करें के बाद भारत शॉपिंग ऐप फोन में इंस्टॉल हो जाएगा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद